वैसे तो गाइज ट्रेन का नाम किसी खास जगह या फेमस लोगों के नाम पर रखा जाता बट गाइज हमारे देश में एक ऐसा भी ट्रेन है जिसे एक बीमारी के नाम से जाना जाता जी हाँ गायज पंजाब के बठिंडा से लेकर राजस्थान के बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन नंबर फाइव फोर सेवन जीरो थ्री को कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता क्योंकि गाइज इसमें सफर करने वाले आधा से ज्यादा लोग कैंसर पेशेंट होते इस कारण इस ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता गाइज आपको इस ट्रेन के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते हैं अगले वीडियो में